आज की वीडियो में बताएंगे अमेजिंग फैक्ट आखिर कितने लोग अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल करते हैं ऐसे फैक्ट देखने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहे नंबर एक मनुष्य का शरीर धर से अलग हो जाने के बाद भी वह 20 सेकंड तक जिंदा रहता है नंबर दो पूरी दुनिया में लगभग 11 प्रतिशत लोग बाएँ हाथ का उपयोग करते हैं नंबर तीन आज ऐसी तीस करोड़ साल पहले धरती आरोप बहुत लम्बे पेड़ हुआ करते थे इसका मुख्य कारण था की उस समय धरती पर जीवाणु नहीं थे नंबर चार सभी कीड़ो की कम ऐसी कम छह टाँगे तो होती है